हेलो वेलकम बैक आपके पास आए गाइज हमने रखा, पार्टिसिपेट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और गाइज में कहना बोल गया की मैं हर वीडियो में दो रिडीम को देता हूँ शुरू के दो बंदे रिडीम कर सकते हैं इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटी वाला आइकन ऑल प्रसट कर दे ताकि आप रिडीम कोड पा सको इसलिए गाइज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से सब्सक्राइब करो गाइज जो भी सब्सक्राइब करेगा वो रिडीम कर पाएगा मतलब कि गाइज़ शुरू के दो बंदे ही कर पाएंगे आप भी सब्सक्राइब कर दो जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप भी रिडीम कर पाओगे और डायमंड गे भी हैं फ्री फायर में अपने आई डी कमेंट सेक्शन में लिख कर डायमंड या आलोक दोनों में से एक ही मिलेंगे पाँच सौ डायमंड या आलोक डायमंड चाहिए वो डायमंड ले सकता है और आलोक चाहिए आलोक ले सकता है इसलिए गायज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और आगे से आगे शेयर करो तो मोटिवेशन हमारे लिए बहुत कामदायक होता है मतलब फायदा होता है इसलिए गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है इसलिए हम भी वीडियो बनाने में सहायक रहते हैं इसलिए गैज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गैज आपके नए पैसे लगते हैं वीडियो लाइक करने के और चैनल सब्सक्राइब कर देने के इसलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गैज वीडियो बहुत मेहनत से बनता है इसलिए गाइज तुम्हें भी पता होगा मेहनत कितनी लगती है इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो मुझे पता है तुम टोटल गेमिंग और ज्ञान गेमिंग अमित भाई जो कि देसी गेमर इन ड्राइस्टार इनको तो तुम करते हो मिलियन होने पर तो जमाना सब्सक्राइब करता है जो थोड़े होते हैं उनमें भी साथ देता है वही अच्छा सब्सक्राइबर कहलाता है इसलिए गैज सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो गैज दबा के लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे से आगे शेयर करो गैज दबा के सब्सक्राइब ठोको आप आज आपकी ताकत दिखा दो कितने सब्सक्राइब करते हो जो भी सब्सक्राइब कर सकता है वो सब्सक्राइब कर दो पास में मतलब कि गाइज आप जैसे ही वीडियो को लाइक करोगे तो लाइक करने के बटन और साइड में होगा लाल कलर का बटन उसको जैसे ही दबाओगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा और पास में बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल पर सेट कर देना है ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए इसलिए गाइज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो आपका एक मोटिवेशन हमारे लिए बहुत तो, कामदायक होता है इसलिए हमें भी उत्सुकता होती है वीडियो बनाने में इसलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गई चैनल को सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय